करेगा हेलो हाँ हाँ क्या बात कर रहे हैं अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल half of the teams are eliminated. Ship terminal is almost ready. The sea zone is collapsing. airdrop incoming radio मतलब महल है तेरा मेरा हम दोनों का